हेलो यर स्टूडेंट मैं हूँ देवी सिंह और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री गुरु चैनल अब हम जो अपने वीडियो शुरू करने वाले हैं ये हमारा लेक्चर थर्ड है ठीक है ये हमारा क्लास ट्वेल्थ के लिए है और चैप्टर टू है हमारा सॉल्यूशन तो आज जो हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे मोल अंश मोलता और मोललता विलियन हम पहले ही पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर वन में और लेक्चर टू में तो चलिए करते हैं लेक्चर थ्री शुरू तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे आज जो हमारा टॉपिक है मोल अंश मतलब मोल फ्रक्शन तो ये भी हमें वहां से ही शुरू करना पड़ेगा जहां से हमारे और पिछले वाले शुरू हुए थे तो आपको इसके लिए जो लेक्चर वन और लेक्चर टू है उन वीडियो को देख लेना है अगर वे वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो वे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा वहां से आप उन्हें देजिएगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं अब तो यहां हम ठीक तो यहाँ हम शुरू करेंगे पहले वाले अपने टॉपिक से ही विलियन से ही ठीक है पूरा चैप्टर यहां से शुरू होगा जिसने फर्स्ट वीडियो समझ ली है उसे सेकंड थर्ड वीडियो समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तो विलियन कितने पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है विलियन में दो ही पदार्थ उपस्थित होते हैं पहला होता है इसमें विलय और जो दूसरा होता है वो होता है इसमें विलय तो इसमें दो ही पदार्थ उपस्थित होते हैं एक विलय और दूसरा विलय यह हम समझ चुके हैं कि जो पदार्थ की मात्रा का जो मात्र होता है वह है कौन होता है मोल ठीक है तो विला भी कोई पदार्थी होगा तो इसकी भी जो मात्रा हम नाप पेंगे में नाप देंगे मोल में और जो विलय है वह भी हमारा कोई पदार्थी होगा जिसकी मात्रा हम कहीं में नाप देंगे मोल में ठीक है तो विलियन की मात्रा भी कहीं में होगी मोल में ही होगी तो बस और कुछ नहीं है आपने बिल्कुल सही से समझ लिया है ये केवल एक प्रकार का अनुपात है ठीक है चाहे हम विलय के मोलों की संख्या को ऊपर रखें चाहे विलाय के मोलों की संख्या को ऊपर रखें और उसे विलयन के मोलों की संख्या से डिवाइड करेंगे इसका मतलब अनुपात है जैसे कि हमने मान लिया विलय के मोलों की संख्या एन वन के मोलों की संख्या एन टू तब विलय का मोलंश क्या होगा तो विलय का मोलंश होगा विलय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या अर्थात जिसका भी मोलंश हमें निकालना है उसके मौलिक संख्या ऊपर और अन्य जितने भी मोल बचे हुए हैं किसी भी विलय के या विलय के उन्हें सभी जोड़ के नीचे रख देंगे अब आप सोच रहे होंगे किसी भी विलय के तो मैं आपको ये समझा चुका हूं किसी भी विलयन में दो या दो से अधिक विलय हो सकते हैं मगर विलायक केवल एक ही होगा तो विलय अगर एक से अधिक है तो क्या काम करेंगे जिसके मौलिक संख्या निकाल लिया ऊपर और बाकी सब मौलिक संख्या नीचे बात आपको समझ में आ रही होगी तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि जो मोल अंश है वो एक अनुपात होता है विलय के मौलों संख्या बटे कुल विलियन के मोलों संख्या और विलायक के मौलों संख्या बटे कुल मोलों की संख्या के ठीक है या आप नीचे रख लीजिएगा विलयन के कुल मोलों की संख्या तो मेरा आपको समझाने का अर्थ केवल यही था कि एक प्रकार का क्या होता है अनुपात होता है आपको अच्छे तरीके से ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा चलिए अब देखते हैं एक बार इसकी डेफिनेशन तो डेफिनेशन में भी आपको बिल्कुल एकदम सही से हम क्लियर कर देंगे जैसे हमने इसमें अभी आपको बताया तो, तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन जो डेफिनेशन हमारे पास में है इसकी वो क्या है तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो मोलंस है और मोलंश की डेफिनेशन यही है कि विलय विलय की मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोलंश कहते हैं अगर विलय मोलों की संख्या ऊपर लेंगे तो विलय का मोलंस कहलाएगा और अगर विलय की मोलों की संख्या ऊपर लेंगे तो फिर विलय का मोलंस कहलाएगा यहाँ हमने यह साथ, साथ लिख दिया है कि, कि किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलय विलयक का मोलंश कहते हैं तो ये कितने प्रकार का हो गया है दो प्रकार का हो गया एक विलय का मोलंश और दूसरा विलायक का मोलंश ये आपको समझ में आ गया क्या कि ये केवल एक, एक प्रकार का अनुपात है विलय विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या के ठीक है तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इसके प्रकार तो यह दो प्रकार का होगा कुल कौन सा एक विलय का मोलंश और दूसरा विलायक का मोलंस तो यहाँ जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो हम विलय के मोलंश की ही बात कर लेंगे जो हमने ऊपर डेफिनेशन लिखी थी इसमें शब्द हटा देंगे और विलय की, की, की, की अनुपात को का -के है, या हम इसकी डेफिनेशन ये बना देंगे जो नीचे हुई है ये पल्ले वाली डेफिनेशन है ये वाली इस डेफिनेशन में से ये जो यह शब्द है और विलायक है इसे यहाँ से हटा देंगे और जो हमारे पास में नीचे आया हुआ है ना ये का अनुपात को ठीक है नहीं यह हटाएंगे और विलायक यहाँ से हटा देंगे कहते हैं डेफिनेशन बन जाएगी किसकी किस ठीक है आपको बार बार याद नहीं करनी पड़ेगी अलग अलग और अगर आपको मोलंस लिखना है किसका विलायक का तो तभी से आप हटा देंगे मैं उपस्थित ये लिख रहा हूं विलय के मूलों की संख्या या यहाँ तक हटाएंगे तो यहाँ से जाएगा की कि किसी विलियन में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या तथा विलियन के कुल मूलों की संख्या के अनुपात को यहाँ से विलायक शब्द हट जाएगा और यहाँ आ का क्या विलायक का मोलंस कहते हैं इस टाइप से हम दोनों के डेफिनेशन लिख देंगे ये डेफिनेशन आपको लिखी हुई भी अभी दिखाई देने वाली है आपके मोबाइल या डेस्कटॉप के स्क्रीन पर ठीक है अब ये हम डेफिनेशन इसके पढ़ चुके हैं अब हम मान लेंगे जैसे अभी हम पीछे जो हमने ग्राफ बनाया तो उसमें मान लेते, लेते हैं कि विलय के मूल्य संख्या एन मान लेते हैं विलायक के मूल्य संख्या एन मान लेते हैं तो इस लाइन को भी हम लिख देंगे और अब हम इसमें लिख देंगे की माना विलय तथा विलायक के मूलों संख्या क्या क्या है विलय की संख्या मान लेंगे एन और विलायक की संख्या मान लेंगे n2 ठीक है माना विलय की मोल संख्या n1 तथा विलायक की मोलूक संख्या n2 है तब क्या होगा मोलंश किसका तो विलय का मोलंश किसके बराबर हो जाएगा विलय के मोलोक संख्या बटे विलियन के कुल मोलों की संख्या अब आप सोच रहे होंगे की मैंने नीचे रख दिया है इसमें n1 वन प्लस एन ये n1 और n2 तो विलय तथा विलायक तो की मोलों संख्या है तो ध्यान से समझेगा विलियन में केवल दो ही पदार्थ तो उपस्थित होते हैं एक विलय और दूसरा विलायक अगर हम विलय और के की संख्या को जोड़ देंगे तो विलयन के कुल मूलों की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी तो फॉर्मुले में आप नीचे के की संख्या ही रखेंगे ठीक है ये हमारा एक टॉपिक हो गया है इसका विलय का मोलंस अब दूसरा देखते हैं हम इसमें विलयक का मोलंस तो जो विलायक का मोलंस होगा उसके डेफिनेशन हम पहले ही समझ चुके हैं फिर एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं किसी विलयन में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या तथा विलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोलंस कहते हैं ठीक है ये डेफिनेशन हम पहले ही समझ चुके हैं आपको वहां से अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी तो चलिए इसके बाद में आप हम इसमें भी वही वाली लाइन रिपीट करेंगे जो हमने पहले पढ़ी थी माना विलियन में विलायक के मोलों की संख्या एन तथा विलायक के मोलों की संख्या एन तब विलायक का मोहल्स किसके बराबर होगा मोलंश बराबर होगा विलायक के मोलों की संख्या बटे विलियन के कुल मोलों की संख्या पिछली बार n1 ऊपर था इस बार n2 टू ऊपर आ जाएगा देखिएगा इस टाइप से इसका फॉर्मूला बन जाएगा विधायक के मूलक संख्या बटे विलयन के कुल मूलक संख्या बराबर n2 बटे n1 प्लस n2। चलिए अब इसका देखते हैं सवाल हमारे पास में है इसका क्वेश्चन नंबर वन बिल्कुल आपको एकदम क्लियरली बिल्कुल एकदम साफ साफ तरीके से समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगा तो इस पे रखेंगे ठीक है ये आपको सही से समझ में आ जाएगा चलिए शुरू करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर वन तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर वन है इसमें हमें दिया हुआ है सात दशमलव चार पांच ग्राम के को ठीक है ये हमें दिया गया रखा है सौ ग्राम जल में बोला गया है में से का ज्ञात कीजिए तो केवल के का एल का ज्ञात तो करना है अगर हमें किसी का मूलंस ज्ञात करना होगा तो हमें ज्ञात होना चाहिए उसके मोलों की संख्या जैसे कि यहाँ के के मोलों संख्या कितनी है एन हम मान लेंगे ये विलय है और किसमें बोला गया है सौ ग्राम जल में तो ये हमारे पास में क्या है विलायक है इसकी हम संख्या कितनी मान लेंगे एन तो हमें क्या निकालना है मोल अंश तो मोलन x मान लेंगे या x1 मान लीजिएगा तो यहाँ x1 किसके बराबर होगा, होगा किसके एन वन बटे n1 वन प्लस एन टू के मगर आप ध्यान से सवाल में देखिएगा आपको सवाल में कहीं भी मोल अंश मोलों की संख्या नहीं दी गई है आपको केवल भार दिया गया है 7.45 ग्राम के है और सौ ग्राम क्या है जल तो हम इसमें मोल अंश निकालेंगे सबसे पहले मोल अंश निकालेंगे ठीक है तो सबसे पहले हमें इसमें एन वन और एन टू का मान निकालना होगा उसके बाद में हम एक्स वन का मान इसमें निकाल लेंगे और एक्स टू कभी निकाल लेंगे अगर जल का ज्ञात हमें इसमें करना होगा तो तो हम क्या काम करेंगे सबसे पहले एन वन का ज्ञात करने के लिए केसीएल का अनुभार निकाल लेंगे तो यहाँ केसीएल का अनुभार कितना है केसीएल का अनुभार होता है सेवनटी यह भी आपको पता चल जाएगा मैं बता रहा हूँ आपको और केसीएल का जो भार है वो हमें सवाल में ही दिया हुआ है सात ग्राम और जब आप यहां बात करेंगे केसीएल के अनुभार की तो ये कितना है 74.5 क्यों क्योंकि जो के है उसका भार होता है 39 और जो सीएल होता है 30.35.5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 74.5 हम पहले सवालों में भी पढ़ चुके हैं इसमें भी हम समझ रहे हैं तो हम के का अनुभार निकाल देंगे किससे बाहर बटेगा कितना है सात दशमलव चार पांच ग्राम और अनुभार कितना है चौहत्तर ठीक है तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा जीरो बटे दस ठीक इसी प्रकार जल का भी हम मोलों की संख्या निकाल देंगे जल का भार हमें सवाल में कितना दिया हुआ है सो ग्राम दिया हुआ है और जल का अनुभार कितना होता है अठारह होता है जल का अनुभार अठारह होता है और जो हमें यहाँ इसमें भार दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है इसमें हंड्रेड ग्राम दिया हुआ है तो जल की मोलों की संख्या यहां हमें निकाली है तो बाहर बटे अनुभार से निकल जाएगी हंड्रेड बटे एटीन सो बराबर कितना फाइव पॉइंट फाइव इस टाइप से हम इसे निकाल तो यहाँ हमारे पास में है केसीएल का मूल कितना हो जाएगा n बटे एन प्लस कैप्टेल या तो आप इसे इस टाइप से लिख लीजिएगा या इस टाइप से लिख लीजिएगा एन वन बटे एन वन प्लस एन टू ठीक है कोई इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं बस आपको याद रहना चाहिए तो हम यहाँ क्या काम करेंगे n की वैल्यू रख देंगे जो हमने शुरू में याद करी थी कहाँ से यहाँ से ये हमारी एन की वैल्यू थी ठीक है ये मूल जी जो हमारे पास में मौलिक संख्या निकल कर केसीएल की है और ये जो दूसरी बार में हमारे पास में मौलिक संख्या निकल कर आई है ये हमारे पास में किसकी है जल की है तो हम यहाँ रख देंगे दोनों का मान ठीक है तो यहाँ की तो? फिर इसके बाद में इस भी हमने इसी टाइप से निकाल लिया है आपको एक तरीके और बता देता हूँ यहाँ में केवल दो ही पदार्थ मिले हुए हैं एक विलय और एक विलायक जो विलियन का कुल मोल अंश होता है ठीक है याद रखेगा कभी कभी कुछ सवाल में निकाल देंगे जो कुल मोल अंश होता है उसका मान होता है अंश बराबर कितना जाएगा वन ठीक है जैसे हमने विलाया का, विलाया का निकाल लिया था तो हम इसे वन में से अगर घटा देंगे तो वैल्यू हमारे पास में निकल के आ जाएगी किसकी विलय की इस टाइप से भी हम इसे निकाल लेंगे चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो की अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा ठीक है चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू तो क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास में बहत्तर ग्राम जल तथा 12 ग्राम के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज हुआ पा सकता है तो इससे कोई भी वाली बात नहीं है ठीक है मोल प्रभाज या मोल अंश याद रखिएगा एक ही है कोई अलग नहीं है चलिए अब सवाल शुरू करते हैं तो इस सवाल में भी हमें कहीं भी कोई भी मोलों की संख्या दी हुई नहीं है सवाल को ध्यान से देख लीजिएगा सवाल में कोई भी मोलों की संख्या हमें दी हुई इस सवाल में नहीं है तो हमें इसमें भी क्या काम करना है वही काम करना है जो हमने पिछले सवाल में किया था चलिए शुरू करते हैं अब हम इस सवाल को ठीक है शुरू करेंगे तो हमारे पास में जो जल है उसका भार कितना दिया हुआ है जल अर्थात H2O का भार ठीक है H2O का भार अब इस सवाल में अगर बात करेंगे तो बहत्तर ग्राम जल है और बाणवी ग्राम क्या है तिलकोहल तो बिलाय कौन हो गया बाणवी ग्राम जल और बिलाय कौन हो जाएगा यहाँ बाढ़ में ग्राम मेटेर ठीक है इस टाइप से हो जाएगा H2O का भार कितना हो जाएगा सवाल में दिया हुआ है 72 ग्राम और जो एस है इसका अनुभार और हम यहाँ निकाल लेंगे तो यहाँ इसका अनुभार कितना हो जाएगा हमारा अनुभार हमारे पास में यहाँ इसका हो जाएगा 18 क्यों क्योंकि 18 ही होता है एच है ना तो एच में जो एच है एच का होता है एक तो यहाँ जाएगा दो गुना और ओ का होता है कितना सोलह बराबर कितना अट्ठारह इसी टाइप से आ जाएगा तो यहाँ हम N1 का मान निकाल लेंगे तो किससे निकल जाएगा भार बटे अनुभार से तो भार कितना है बहत्तर गिर अनुभार कितना है 18 ठीक तो है 18 अट्ठारह 36 18 अठारह तिरवन और अठारह चौबीस तो यहाँ मोल ऑप्शन कितनी आ जाएगी चार चार मोल निकल के यहाँ हमारे पास में ये वाली वैल्यू आ जाएगी चलिए बात करते हैं हम इसकी एथिलेल कोहल की तो यहाँ हमारे पास में एथिल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी इसका भार हमें सवाल में दिया हुआ है सवाल में इसका भार हमें मिला हुआ है यह है हमारे पास में 92 ग्राम ठीक है चलिए बात करते हैं अब हम इसकी ठीक है बाहर से पता नहीं चलेगा मोलो की संख्या से पता चलेगा सॉरी बिलैक और बिलाक का चलिए बात करते हैं सी का जो हमारे पास में भार है वो कितना है बानवे ग्राम है और यहाँ हम बात करेंगे किसकी अब इसके अनुभार की का अनुभार तो जब हम इसका अनुभार निकाल देंगे तो अनुभार निकालने के बाद में कितना जाएगा इसका अनुभार आ जाएगा हमारे पास में 46, 46 कैसा आएगा आप इसे देख सकते हैं ये है हमारे पास में सी टू एच फाइव की तो है इसका निकालना है तो ये निकल के हमारे पास में आएगा कैसे दो गुना बारह क्योंकि C का बारह होता है प्लस पांच H है ठीक है तो पांच का कितना जाएगा, पांच आ जाएगा पांच गुना एक प्लस ओवर कितना सोलह प्लस एच का कितना आयेगा ए कुल मिला के कितना जाएगा फोर्टी तो जब हम यहाँ एन की वैल्यू निकाल देंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी नाइनटी टू इसी से डिवाइड करेंगे तो कितना टू टू मोल ठीक है एक चीज का ध्यान दीजिएगा कुछ वर्ग कभी, कभी कभी कुछ गलत बोल जाते हैं जैसे हमें दिया हुआ है तो भार से मतलब नहीं होगा मोलों की संख्या से मतलब होगा जिसकी मोलों की संख्या अधिक होगी ठीक है वही क्या होगा विलायक होगा तो यहां जो विलायक है वो कौन है जल ही है और विलायक कौन है एथिल मोलों की संख्या से पता लगाएंगे किसकी मात्रा अधिक है और किसकी कम चलिएगा तो यह हमने इसमें कर दिया है फिर इसके बाद में अब हमें क्या निकालना है मोल पर भाई निकालना है दोनों का जब हम एक्स पान निकालेंगे तो एक्स वन इस तरह से निकल कर आएगा एथिल अल्कोहल के की संख्या मोलों की संख्या सॉरी बटे कुल मोलों की संख्या तो फोर अपॉन फोर प्लस टू इक्वल टू फोर अपॉइन सिक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट ठीक है फिर हमें क्या निकालना है एक्स जब हम इसमें एक्स निकाल देंगे तो एक्स किसके लिए निकलेगा इसके लिए के लिए तो इसकी संख्या बटे बराबर थ्री थ्री अगर मान आप बढ़ा दोगे तो वैल्यू वन से ज्यादा हो जाएगी और मोल की जो कुल वैल्यू है वो कभी भी एक से अधिक नहीं होनी चाहिए ठीक है ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है अब देख चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री इसका आप जो थ्री क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसे सोल्व करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो हमें सवाल में दिया हुआ है एक जल दिया हुआ है दूसरा हमें कास्टिक सोडा दिया हुआ है कास्टिक सोडा जो होगा वो हमारा होगा एन एच और जो जल है उसका फॉर्मूला हमारा होगा एच टू तो सबसे पहले देखिएगा हमें इसमें मिला हुआ है एस का भार ठीक है सवाल में मिला हुआ है एस का भार कितना मिला हुआ है सवाल में हमें भार मिला हुआ है नब्बे ग्राम और जो एच है इसका जो अनुभार होता है वह होता है 18. तो सबसे पहले हम इसकी मुगल संज्ञा निकाल देंगे N1 वन बराबर नब्बे बटे अठारह इससे इसे डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा कितना 5. 5 फाइग बार बारे डिवाइड हो जाएगा N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी बात करेंगे कास्टिक सोडा की जो हमारे पास में दूसरा इसका पार्ट है ठीक है तो उसका हमें भार दिया हुआ है एन का एन का भार कितना भार दिया हुआ है यहाँ इसका भार हमें दिया हुआ है जीरो पॉइंट वन ठीक है सॉरी फोर कभी कभी कुछ भी लिख दिया जाता है चलिए। यहां में दिया हुआ है इसका जो भार है वो हमें दिया हुआ है इसका फोर ग्राम ठीक है भार जो दिया हुआ है वो हमें फोर ग्राम दिया हुआ है चलिए अब चलेंगे इसमें और ग्राम दिया हुआ है और इसका जो अनुभार होता है वो इसका अनुभार होता है कितना चालीस कैसे ऐसे निकाल लेंगे एन का होता है ट्वेंटी थ्री परमाणु भार है ये जो मैं लिखता हूं बार बार प्लस ओ का सोलह और एच का कितना जाएगा एक पे तो कितना हो जाएगा जोड़े में तो फोर्टी ही हो जाएगा एंड की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे तो बार बटे अनुभार से निकल जाएगी चार बटे से कितना आ जाएगा एक बटे आ जाएगा बराबर आ जाएगा जीरो मोल ठीक है उसका मान आ जाएगा पांच मोल और इसके कितना आएंगे जीरो पॉइंट वन मोल बहुत ही अल्प मात्रा में गुलाब है अब दोनों का मोलेंस ज्ञात करना है तो एक्स वन जब हम ज्ञात करेंगे तो एक्स वन ज्ञाप हो जाएगा हमारे पास में फाइव अपॉन जीरो पॉइंट वन प्लस फाइव से ठीक है तो ये कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट वन प्लस फाइव इक्वल टू ठीक है 999 99, कुछ इस टाइप से आएगा समथिंग ओके ठीक है और जो हमारे पास में इसमें x2 की वैल्यू आएगी वो बहुत ही कम आएगी क्यों क्योंकि 0.1 पॉइंट कितना आएगा हमारे पास में ये और नीचे हमारे पास में कितना है 0.1 पॉइंट वन प्लस फाइव इक्वल टू जीरो पॉइंट वन पोन फाइव पॉइंट सॉरी वन लिखा जाएगा इक्वल टू वन अपॉन 51, 51 से वन को डिवाइड करेंगे तो 0.01 आ जाएगा ठीक है या 0.01 इस टाइप से करके आएगा बहुत लेट हो जाएगा इसमें तो जो देखते इसमें जितना भी है वो क्या है जल है इस टाइप से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे आप यहाँ जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन एक बार सही कर लेंगे ठीक है कुछ अजीब सा लग रहा है ये तो ये जो हमारे पास में आएगा ये ये हमारा आएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन और यहाँ एक बार और नाइन लेंगे तब जाके हमारे इसकी डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में वो क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फोर ठीक है और क्वेश्चन नंबर फोर है यूरिया का एक विलियन भार अनुसार छह है विलियन में यूरिया तथा तो जल का मोल प्रभाज या मोल अंश क्या कीजिए ठीक यूरिया का अनुभार दिया हुआ है कितना है सिक्सटी दिया हुआ है तो इस सवाल का सोल्यूशन भी हमें खुद ही करना है चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर में तो जो इस टाइप का को कोई भी सवाल दिया हुआ था मैंने उसमें आपसे कहा था कि आप विलियन का कुल भार मान लीजिएगा हंड्रेड ग्राम तो क्वेश्चन नंबर फोर हम इसी टाइप से करेंगे तो यहां मान लेंगे माना विलियन का कुल भार ठीक है सवाल बहुत गजब है बहुत आसान सवाल है में देखते इस टाइप के सवाल आते भी है माना विलियन का कुल भार 100 ग्राम तो यहां जो कुल भार है वो हम कितना लेंगे 100 ग्राम लेंगे 100 ग्राम है तब तो अब विलियम का भार जब 100 ग्राम है तो यूरिया कितना हो जाएगा यूरिया है 6 प्रतिशत ठीक है 6 प्रतिशत ठीक है यूरिया का भार कितना जाएगा फिर चलिए बताइए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सिक्स ग्राम बात करेंगे किसकी जल की बाकी बचावा जल ही है तो जल का जो भार होगा वो कितना आ जाएगा का भार बराबर 94 फोर ग्राम चौरानवे ग्राम ठीक है इस टाइप से हमारा आ जाएगा अब हम इसमें मोल निकालना है तो सवाल हर टाइप से किसी में भी मोलों की संख्या दी हुई नहीं है ठीक है तो इसी टाइप से हमें बार बार सारे सवाल करने हैं चलिए सॉफ्ट कॉपी करना शुरू करते हैं तो जब हम इस सवाल करना शुरू करेंगे अब यहाँ देखेगा जल का अनुभार में सात सात लूंगा इसमें यहां से हमें पता चल जाएगा जल का अनुभार ठीक है जल का अनुभार यह हमें पहले से ही पता है कितना है जल का अनुभार होता है 18 और जो यूरिया है उसका अनुभार हमें सवाल में ही मिला हुआ है यूरिया का अनुभार सवाल में ही मिला हुआ है और यह हमें कितना मिला हुआ है सिक्सटी 60 मिला हुआ है तो हम क्या काम करेंगे N1 का मान निकाल लेंगे यहाँ से किस टाइप से छ बटे साठ रखे कितना जाएगा 0.1 मोल आ जाएगा और इसी टाइप से हम n2 का मान निकाल लेंगे तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी n2 की वैल्यू हो जाएगी 94 फोर पॉन तो यहाँ हमारे पास में आ जाएगा फाइव पॉइंट कितना बजेगा टू बजेगा पॉइंट लग रहा है जीरो तो 5.1 ले लीजिएगा ठीक है यहाँ से हमारा ये सवाल हो जाएगा जब हम x1 की वैल्यू निकाल देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में जीरो 0.1 पॉइंट वन पॉइंट वन कभी कुछ और समझेगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 0.1 अपॉन 5.2 पॉइंट टू से पॉइंट कैंसिल कर देंगे तो एक बटे कितना जाएगा बावन हो जाएगा यूरिया और जल दोनों का निकालना है ठीक इसी टाइप से इसे हम डिवाइड करेंगे आंसर लेंगे इसका और इसी टाइप से हम एक्स का मान निकाल लेंगे फाइव अपॉन जीरो ठीक है जीरो हम इसकी वैल्यू रखेंगे ठीक है, चलेगा यहाँ नहीं चलेगा काम यहां रखना पड़ेगा नहीं चलता है फाइव पॉइंट वन अपोन जीरो पॉइंट वन प्लस फाइव पॉइंट वन इक्वल टू फाइव पॉइंट वन अपोन फाइव पॉइंट टू इक्वल टू फिफ्टी वन अपॉन फिफ्टी टू डिवाइड करेंगे और वैल्यू उनकी निकालेंगे इस टाइप से हमारा सवाल दोनों के दोनों हो जाएंगे चलिए बात करेंगे अगले सवाल की जो हमारे पास में सवाल नंबर फाइव है यह हमारे पास में है चार सौ पचास ग्राम जल में सीटोन के फाइव पॉइंट एट ग्राम घुले हैं ठीक है घुले हैं लिखा हुआ है ठीक है घुले हैं लिखा जाता ठीक है हैं में जल तथा एसीटोन का मोल ज्ञात कीजिएगा तो मैं आपको यहाँ कुछ छोटे छोटे से इसके सवाल करने की जो आपके लिए होंगे वे मैं बता रहा हूँ इसमें बाकी सवाल को आप खुद ही करिएगा तो जल का अनुभार हार आपको दिया हुआ है ठीक है अनुभार आप जानते हैं ठीक है जल का अनुभार कितना होता है अट्ठारह बात करेंगे एसिटोन की तो जैसीटोन होता है एसीटोन का फॉर्मूला होता है क्या एसिटोन का फॉर्मूला होता है सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री फॉर्मूला में निकाल लेंगे बारह और तीन पंद्रह और बारह और तीन पंद्रह पंद्रह और पंद्रह तीस और यहाँ बारह और सोलह बारह और सोलह कितना हो जाएंगे यहाँ हो जाएंगे ठीक है तो अट्ठाइस और तीस बराबर कितना हो जाएगा अट्ठावन तो ये अनुभार है ठीक है फिफ्टी एट क्या है इसका अनुभार है तो आप सवाल आराम से निकाल लेंगे कैसे निकाल लेंगे भार आपको दिया हुआ है अनुभार आपको पता है बाहर बटे अनुभार से मोलों की संख्या निकाल लेंगे. फिर मोलों की संख्या रख के उनका मोल भी आप यहां से याद कर लेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव में आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स की तो, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है वो है यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन तथा कार्बन टाइट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशतता सत्ता की गणना कीजिए तो इनकी प्रतिशत इनकी जो प्रति है उसकी गणना हम आराम से यहाँ से कर लेंगे क्यों क्योंकि हमें पता है दोनों की क्वांटिटी कितनी है सेम बाईस ग्राम ही व्यंजिन है और 22 ग्राम ही क्या है हमारे पास में कार्बन टाइट्राक्लोराइड मतलब 50 प्रतिशत है कार्बन टाइट्राक्लोराइड और 50 प्रतिशत ही हमारे पास में क्या है बेंजीन चलिए ठीक है तो, तो यहाँ कार्बन टाइट्राक्लोराइड का भार 22 ग्राम है और बेंजीन का भार भी कितना है 22 ही ग्राम यहाँ हमारे पास में है तो वेजिन का कुल भार कितना आ जाएगा ग्राम आ जाएगा प्रतिशत मात्रा कैसे निकलती है उसका भार बटे कुल भार गुनाड जिसकी प्रतिशत मात्रा निकालनी है उसका भार, भार बटे कुल भार गुना हंड्रेड उन बराबर कितना आ रहा है यहाँ पचास आ जाएगी और यहां पे कितनी आ जाएगी पचास क्वेश्चन नंबर वन आपका हो गया ये जो सवाल है ये ये एन सी ई आर टी बुक से लिया गया है और ये बुक में सवाल दिए हुए हैं जो मैं बुक में से आपको सवाल करूंगा वे एन सी आर टी के भी होंगे और जो अलग से यूपी बोर्ड की कुछ और बुक आती है उनके भी वे सवाल होंगे और जो यूपी बोर्ड में वे सवाल वे भी, भी होंगे चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर टू की तो क्वेश्चन नंबर टू है विलियन में बेंजीन का 30 प्रतिशत दरवेमान कार्बन टाइट्राक्लोराइड में घुला हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए चलिए सवाल को देखते हैं इसका आंसर सवाल थोड़ा सा लंबा है मगर आराम से हमारा हो जाएगा तो सवाल में हमें दिया हुआ है 30 प्रतिशत दरवेमान विलियन में बेंजीन का 30 प्रतिशत दरविमान ठीक है और कार्बन टाइट्राक्लोराइड में घुला हो कार्बन टाइट्राक्लोराइड में घुला हुआ है चलिए सवाल को समझते हैं तो अब हमने मिलियन का कुल भार कितना मान लिया है सौ ग्राम मान लिया है तो याद रखिएगा, बेंजीन की कुल प्रतिशत तो मात्रा कितनी है तीस प्रतिशत तो तीस ग्राम की आ जाएगी बेंजीन और सत्तर ग्राम कौन हो जाएगा कार्बन तो इस टाइप से हमारा हो जाएगा बेंजीन का अनुभार कितना होता है सेवेंटी एट क्यों क्योंकि ये फॉर्मूला होता है सी अब बारह गुना छ कितना हो जाएगा जब आप निकालोगे तो बारह सिंह बहत्तर और प्लस में छह गुना कितना हो जाएगा अठहत्तर हो जाएगा निकल का आ गया है कार्बन टाइटा क्लोराइड का निकाल लेंगे कार्बन टाइटा क्लोराइड का फॉर्मूला है CCL4 फोर इक्वल टू आ जाएगा 12 प्लस फोर इंटू थर्टी डिवाइडेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 154 फिफ्टी के मोल की संख्या कितनी निकल कर जाएगी भार बटे अनुभार से 0.384 और CCL के मोलों की संख्या भी किससे निकल कर जाएगी भार बटे अनुभार से जीरो ठीक है इस टाइप से तो यहाँ हमारे पास में बेंजीन का मूल अंश निकलेगा और कैसे निकलेगा बेंजीन के मोलों की मोलो संख्या है कुल मोलों की संख्या तो, तो बेंजीन के मोलों की संख्या कितनी है जीरो पॉइंट थ्री एट फोर कुल मोलों की संख्या के लिए दोनों की मोलों की संख्या को योग कर देंगे जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने के बाद में आ जाएगा हमारे पास में जीरो इस टाइप से हमें दोनों की मूल्य की संख्या इसमें निकल जाएगी चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में है तीस ग्राम सीओ एन का होल्डवाइज सिक्स एच टू लीटर विलयन में घुला है क्या ज्ञात करना है भाई इसकी मोलरता ज्ञात करनी है ठीक है मोलरता ज्ञात करने के लिए हमें एक अनुभार ज्ञात होना चाहिए और भार ज्ञात तो होना चाहिए तो विलय का भार हमें ज्ञात है कितना दिया हुआ है विलय का भार इसमें हमें विलय का भार हमें मिला हुआ है तीस ग्राम तो विलय का भार हमें दिया हुआ है सही से पकड़ गए अब हम इसका अनुभार निकाल देंगे इतना लंबा फॉर्मूला है तो इसका जो अनुभार निकल का वो कितना आएगा टू नाइनटी ठीक है अनुभार दिखाएगा फॉर्मूला क्या होगा बाहर विलय का बाहर बटे विलय और अनुभार गुना आयतन का में लीटर में तो फॉर्मुले में रखेंगे गुना भार करेंगे और हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा कितना जीरो पॉइंट टू थ्री नाइन कैसे ये क्या है ये विलय का बाहर है सवाल में देख लीजिएगा दिया हुआ है तीस ग्राम ये गुलावा है और ये इसका अनुभार है सवाल में हमने निकाला है टू और ये फोर लीटर जो है ये मिलियन का आयतन है ये भी हमें सवाल में ही दिया हुआ था केवल कैलकुलेशन करिए और इसमें हमने आंसर निकाला है चलिए इसका सेकेंड पार्ट बैठते हैं जो है हमारे पास में इसका पार्ट टू तो इसका जो पार्ट टू है वो है 30 एम एल जीरो दशमलव पांच फोर को 500 सौ तनु करने पर विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिएगा तो याद रखियेगा यहाँ मिला हुआ है V1 वन एक यहाँ मोलरता मिली हुई है M1 और यहाँ में आयतन मिल गया है V2 और हमसे बुझ लगाया है M2 टू बराबर क्या मोलरता बतानी है अब इतना तनु करने पर तो हम क्या काम करेंगे विलियन में फॉर्मूला लगाएंगे एम वन ठीक है तो ये हमारा फॉर्मूलाई है फॉर्मूला में जीरो पॉइंट थ्री ये जो निकल का आई है ये क्या निकल का आई है मोरत का तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा हमारा मोर पड़ती लेटर जब आप किसी सवाल को करें और उसमें अगर कोई यूनिट है उसकी आंसर की तो उस यूनिट को जरूर लिखिएगा नहीं तो बोर्ड एग्जाम में कभी कभी वे नंबर काट लेते हैं ठीक है अगर तो ध्यान नहीं जाता है तो छोड़ देते हैं नहीं तो अगर ध्यान जाएगा तो नंबर काट ही लेंगे नंबर नहीं छोड़ने ठीक है तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आपके आसपास जो आपके दोस्त हैं उनसे भी वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल के बारे में सब्सक्राइब करने के लिए